आज हम एक ऐसे औषधीय पौधे व फल की बात करेंगे जो ना एक फल है बल्कि एक विशेष औषधीय पौधा भी है जिसको कमरक के नाम से जाना जाता है एवरुआ कैरम्बोला इसको कहते हैं और यह ऑगजेलीडीसी फैमिली का है जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इसका जो फ्रूट है इसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं और यह है अर्जुन के फ्रूट के जैसा भी दिखता है इसको कमरक के नाम से जाना जाता है इस औषधीय पौधे के पत्र फल व इसका जो तना है तने की जो बार्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है यह लीवर और किडनी के रिज्यूनेशन में हेल्प करता है यंग एज में लगे हुए घुटने में चोट 20 साल बाद 25 साल बाद जब वो दुखता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसका जो फल है यह है, जब आ, कच्ची अवस्था में होता है तो यह पित्त कारक होता है उष्ण वीर प्रकृति होती है और पकने के बाद शीतवीरय प्रकृति हो जाती है जो कि पित्त का समन करती है यह है, वात पित्त और कफ तीनों प्रकार के डिसऑर्डर्स में उसके रेमेडिएशन में हेल्प करता है कफ और कोल्ड से प्रिवेंट करता है किडनी स्टोन को ब्रेक करने में हेल्प करता है अब जैसे हम बता रहे थे कि घुटनों की लंबे समय से लगी हुई जो चोट है वो 20 साल बाद 25 साल बाद दुखती है इस केस में 20 ग्राम चावल लेके और एक लीटर इसके फ्रूट का जूस लेके उसमें खीर बनाएं और स्वाद अनुसार उसमें आप मीठा और घी उसमें डाल सकते हैं और उसको खाने के बाद व्यक्ति को ढककर सो जाना चाहिए एक या दो बार करने मात्र से घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है एक पोली की जो समस्या है वो भी आजकल वृद्ध व्यक्तियों में बहुत कॉमन पाई गई है और पोली की जो समस्या है वो डायबिटिक पेशेंट में भी होती है और इसके जो बार का पाउडर है वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में रेगुलेट रखता है कंट्रोल करता है और यह विशेष रूप से डायबिटीज़ और पोलियूरिया में कैसे कार्य करती है इसका जो योग है वो 20 ग्राम हल्दी पाउडर लेकर एक ग्राम छाल ले लीजिए इसकी एक केजी छाल ले, ले लेते हैं और 20 ग्राम हल्दी पाउडर लेने के बाद इसको हम 32 गुना पानी में डिकॉक्शन बनाते हैं जब तक वो अपना एक बटे आठ रह जाता है इसके बाद उसमें हम एक के जी शहद मिलाते हैं वन के और एक किलो शहद मिलाने के बाद इसमें एक पाव धतकी के फूल जिसको वुड फूड या फ्रूटी को सा गया है जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है एक महीने की फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसको निकाल के 20 ग्राम चूने से बुझे हुए पानी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए जिससे पोर यूरिया की समस्या दूर होती है वह लीवर व किडनी की रिजुमनेशन में ये हेल्प करता है जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये एक श्रब है ऑक्जिलिडीसी फैमिली का है इसके अंदर पोटाशियम ऑक्जीलेट पाया जाता है जितने भी ऑक्जिलेट या टार्ट्रेट होते हैं वो बॉडी से हैवी मेटल्स की एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं जनरली हम साग सब्जी फल जो भी खाते हैं या सॉइल या वाटर पोल्यूशन के माध्यम से हमारे अंदर हैवी मेटल्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा जाती ही रहती है जिससे इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो इम्यूनिटी के रिजमनेशन में भी यह विशेष हेल्प करता है क्योंकि पोटाशियम ऑक्जिलेट जो हैवी मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उनके एलिमिनेशन में हेल्प करता है यह विभिन्न इम्यूनिटी uh, के जो सप्रेस्ड पेशेंट होते हैं उनमें इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने के लिए पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए वाया स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और किडनी और लीवर रिजुवनेशन हाई बीपी के पेशेंट का यह बीपी भी डाउन करता है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है इस तरह से यह समग्र रूप से मनुष्यों के चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है यह हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करता है इसको इमिनागोग भी इमिनागोग परपज़ के लिए यूज़ भी किया जाता है यह गलेक्टोगोग है पशुओं में दूध वर्धन के लिए भी इसका चारा के रूप में इसको खिलाया जा सकता है ये सब बहुत ही सुंदर इसके फ्रूट्स जैसे आप देख रहे हैं लगे हुए हैं सीजन में जब भी ये आए इसका सेवन करना चाहिए शीतवीर प्रकृति है इसलिए धूप में बैठकर कर करें तो बेहतर होगा धन्यवाद